बिलासपुर में हवाई सेवाओं को सुनियोजित साजिश के तहत फ्लाइट की टिकट महंगा कर छीना जा रहा है इलाज व्यापार पर्यटन चिकित्सा सहित अन्य कार्यों के लिए बड़े शहरों की यात्रा आसान होने की खुशी अब काफ़ूर होते दिख रही है क्योंकि इससे पहले लोगों को रायपुर से हवाई यात्रा करने में खासी दिक्कत होती थी बिलासपुर एयरपोर्ट तो जांजगीर वासियों के लिए अपेक्षाकृत सुगम है जहां बिलासपुर का पड़ोसी जिला है यहां के लोगों के लिए भी रायपुर की बजाय बिलासपुर से फ्लाइट पकड़ना आसान होता है बिलासपुर के अलावा रायगढ़ जसपुर कोरबा कटघोरा जांजगीर अंबिकापुर सूरजपुर बैकुंठपुर ई सेवाओं से परिपूर्ण फोर्स एयरपोर्ट बनाया जाना चाहिए जिस तरह से किराया बढ़ाकर फ्लाइट बंद करने की साजिश रची जा रही है उससे बिलासपुर में हवाई सेवाओं के जारी रहने पर सवाल खड़े होने लगे हैं एयरपोर्ट को विकसित करने के लिए अपने शहर में आंदोलन शुरू होना चाहिए बिलासपुर में कैंडल मार्च आज हवाई सेवा संघर्ष समिति बिलासपुर में 17 मार्च को इसके विरोध में कैंडल मार्च आयोजित किया है हवाई सेवा संघर्ष समिति के सदस्य संस्कार श्रीवास्तव ने बताया कि बिलासपुर में फोर्स एयरपोर्ट नाइट लैंडिंग के साथ टर्मिनल बिल्डिंग जैसी मूलभूत आवश्यकताओं की मांग की जा रही है लेकिन पिछले दिनों भोपाल और इंदौर की फ्लाइट को सामान्य से करीब पांच गुना अधिक किराया बढ़ाकर सेवाओं को बंद करने का कुचक्र रचा गया है जिसके कारण बिलासपुर में चरणबद्ध तरीके से आंदोलन शुरू हो रहा है जिले के लोगों से अपेक्षा बिलासपुर एयरपोर्ट के लिए संघर्ष कर रहे लोग जांजीर चांपा जिले में सहयोग की अपेक्षा कर रहे हैं जांजगीर चांपा के लोग बिलासपुर में विकसित एयरपोर्ट के समर्थन में अपने क्षेत्र के विधायक सांसद और कलेक्टर को ज्ञापन देकर समस्या से अवगत कराते हुए अपने समर्थन में ले साथ ही समय समय पर तो छोटे प्रदर्शनों के माध्यम से बिलासपुर में एयरपोर्ट की मांग का समर्थन किया जाता रहे धन्यवाद